कि तुम हार का हुई कालिया तो तुम का कहो बच्चा आरे? नहीं यूसु भैया हम का मालूम है ये बतावे अपने ये का कहन से? नाम खराब कर तुम्हार का हुई कालिया तो ये कहा लाल कि हम तुम्हार नमक खावा आ? बच्चा इस तुम खुदे गलत बात कर रहे हो हम का मालूम तुम का का खाय अरे गब्बर जी के साथ जब तुम बैठी हो तुम बकरा खायो मांस खाय मुर्गा वही गब्बर जो है इनके साहब है ऋषि आ गए हाँ वही में तो गोली चली है तड़ा तड़ तड़ा तड़, तड़, पहले खूब हंसे राक्षस की तरह हाँ जैसे रावण हंसती राह वही में गोली चली है हाँ बच के गया है